हेलो दोस्तों कैसे हो आप लोग तो आज का ये वीडियो दोस्ती के ऊपर है अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले तो देरी ना करते हुए आप आज का अपना ये वीडियो स्टार्ट करता हूँ दोस्तों आप सबके लाइफ में दोस्त होते हैं मेरी लाइफ में आपके लाइफ में है सबके लाइफ में, सब में दोस्त होते हैं तो मैं आप सबसे एक सवाल करना चाहता हूँ ये पूछना चाहता हूँ कि दोस्ती क्या है? बहुत लोगों ने पूछा है मैं फिर से पूछ रहा हूँ सबको पता है दोस्ती सबके लाइफ में दोस्त होते हैं तो आप बताइए दोस्ती क्या है दोस्ती क्या है दोस्ती सबके नज़र में अलग अलग होती है सबको इसको अलग अलग तरीके से डिस्क्राइब करते हैं क्या किसी की हेल्प करना ये दोस्ती है या फिर कोई बुरी मुसीबत में फंसा हो उसकी जाके मदद करता है ये दोस्ती है या दोस्ती प्यार है सबका अपना अलग अलग नज़रिया होता है दोस्ती के ऊपर डिस्क्रिप्शन देने का मेरा खुद का अपना अलग नज़रिया है मेरा मानना है कि दोस्ती वो है जो आपके पास अगर एक सेब है और दोस्त आ जाए उस एक सेब को आपको नहीं खाना चाहिए खुद छीन के खा लेगा मेरे नज़र में तो दोस्ती ये है। दोस्ती वो है जो पांच लोगों के बीच में आपकी बैंड बजा दें और दूसरा एक अगर उसी पांच लोगों में से कोई और आपकी बैंड बजाने की कोशिश करे तो वहाँ वो वहाँ पे स्विच कर जाता है। स्विच करके वो उसकी बैंड बजा देता है मेरे नज़र में तो दोस्ती ही है दोस्ती का मतलब ये नहीं होता है कि आप किसी बड़ी मुसीबत में फंसे हो या फिर कहीं किसी भी जगह पे फंसे हो तो वो आपको आके वहाँ पे हेल्प कर देता है तो वो दोस्ती होगी दुनिया में सबके दोस्त होते हैं सब लोगों ने दोस्त बनाए हुए होते हैं कोई मतलब ही दोस्त भी होते हैं कोई अच्छे दोस्त भी होते हैं मतलब ही दोस्तों का तो पूछो ही मत इसके ऊपर मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा लेकिन ये वीडियो मेरे अच्छे दोस्तों के ऊपर है जो समय से आपकी खिंचाई करते हैं जो समय से आपसे प्यार करते हैं ज़रूरत पड़े पर आपकी हेल्प भी करते हैं अगर उनके पास हो अगर आपके पास ना हो तो वो आपको आगे बढ़ने की हिम्मत देते हैं ऐसी होती है दोस्ती दोस्ती का ये मतलब नहीं होता है जो कि कहीं और पे जाए किसी मुसीबत में फंसे हो या फिर किसी बड़े मुसीबत में भी फंसे हो और वो आपके साथ हो तो आपका साथ छोड़ के चले जाए ये दोस्ती नहीं होता है। दोस्ती हर कोई करता है आप बनाइए दोस्ती बनाइए बहुत लोगों को क्वान्टी में दोस्ती होते हैं फ्रेंडसिप होते हैं बचपन के दोस्त स्कूल के दोस्त कॉलेज के दोस्त कलीग्स वाले दोस्त ऑफिस वाले दोस्त बुला बुला बुला बुलाव बहुत सारे दोस्त होते हैं मेरी लाइफ में गिने चुने दोस्त हैं लेकिन वो क्वांटिटी में नहीं है वो क्वालिटी बेस्ट करते हैं दे डज़ मैटर मेरे लाइफ में जितने भी दोस्त हैं वो मेरे लिए मैटर करते हैं भले वो, वो दूर हो मेरे से भले वो दूर रह के मेरी खिंचाई करते हैं चलो कोई नहीं उनको से खुशी मिलती है तो आई एम हैप्पी अगर उनको खुशी नहीं मिलती है फिर कुछ नहीं कह सकते दोस्ती दोस्ती दोस्ती दोस्ती दोस्ती एक अजीब बोल है जहाँ जिसको सच्चा दोस्त मिल गया वो उसका जीना आराम भी कर देता है और जीवन उतना ही सुखदायी बना देता है यही दोस्ती है दोस्तों आप भी आप अपने एक अच्छे दोस्त को टैग करें जो आपको लगता हो कि हाँ ये मेरा सबसे बेस्ट फ्रेंड है तो कमेंट बॉक्स में आप जाकर उनको टैग कर सकते हैं बस आज के लिए इतना ही थैंक यू